हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटे वाला बेलाइन ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आगे से आगे शेयर करना